चैलेंज आप इसका उत्तर नहीं बता पाएंगे निन्यानवे प्रतिशत लोगों ने इसका उत्तर गलत दिया है आपके पास चार ऑप्शन हैं ऑप्शन ए दस ऑप्शन बी सताईस ऑप्शन सी पंद्रह या ऑप्शन डी नो। आप अपना जवाब कमेंट करके बताइए